हेलो फ्रेंड्स जीके ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए नए संसद भवन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर एक हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई ए आठ दिसंबर बी नौ दिसंबर सी दस दिसंबर डी ग्यारह दिसंबर इसका आंसर है सी दस दिसंबर क्वेश्चन नंबर दो दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है ए नरेंद्र मोदी बी अमित शाह सी राजनाथ सिंह डी निर्मला सीतारमण इसका आंसर है ए नरेंद्र मोदी क्वेश्चन नंबर तीन नए सांसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा ए 2021 बी 2022 सी 2025 हजार पच्चीस डी दो इसका आंसर है बी 2022 क्वेश्चन नंबर चार नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ए संसद परियोजना बी गांधी संसद परियोजना सी सेंट्रल विस्टा परियोजना डी कोई नहीं इसका आंसर है सी सेंट्रल विस्टा परियोजना क्वेश्चन नंबर पांच भारत का नई संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है ए जिंदल पी टी सी एनसीसीएल सी डी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका आंसर है डी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड क्वेश्चन नंबर छ भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया एच सी डिजाइन बी एल एन टी सी एन सी डी टी इसका आंसर है एच सी डिजाइन क्वेश्चन नंबर सात भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा ए गोलाकार बी वर्गाकार सी त्रिभुजाकार टी आयताकार इसका आंसर है सी त्रिभुजाकार क्वेश्चन नंबर आठ भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा ए पैसठ हजार पेसर्थ हजार वर्ग मीटर बी चौसठ हजार पांच सौ वर्ग मीटर सी पचास हजार वर्ग मीटर डी बीस हजार वर्ग मीटर इसका चौसठ हजार पांच सौ वर्ग मीटर क्वेश्चन नंबर नौ भारत का नया संसद भवन में कितना मंजिला इमारत होगा ए तीन मंजिला बी चार मंजिला सी पांच मंजिला डी आठ मंजिला इसका आंसर है बी चार मंजिला क्वेश्चन नंबर दस भारत के नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्चा आएगा ए आठ सौ साठ करोड़ रुपए, बी नौ सौ करोड़ रुपए, सी नौ सो इकहत्तर करोड़ रुपए, डी सौ करोड़ रुपए इसका आंसर है सी नौ सो इकहत्तर करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर ग्यारह भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे ए बारह सो चौबीस सदस्य बी नौ सौ पचास सदस्य सी एक हजार सदस्य डी पाँच सौ सदस्य इसका आंसर है ए बारह सौ चौबीस सदस्य क्वेश्चन नंबर बारह वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी ए दो सौ पचास बी तीन सौ चौपन सी पाँच सौ पैतालीस डी दो सौ सितर इसका आंसर है सी पांच सौ पैतालीस क्वेश्चन नंबर तेरह पुराना संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था ए लॉर्ड डलहोजी बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड मिंटो इसका आंसर है सी लॉर्ड इरविन क्वेश्चन नंबर चौदह पुराने पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था ए उन्नीस बी 1980 सी उन्नीस सौ तेईस डी उन्नीस इसका आंसर है ए उन्नीस सौ क्वेश्चन नंबर पंद्रह नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी है ए चंडीगढ़ बी नई दिल्ली सी मुंबई डी भोपाल इसका आंसर है बी नई दिल्ली क्वेश्चन नंबर सोलह वर्तमान संसद भवन का निर्माण किसने किया था ए सारे एडमिन लुटियंस बी सर हर्बर्ट बेकर सी उपयुक्त दोनों डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है सी उपयुक्त दोनों क्वेश्चन नंबर सत्रह पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्च आया था ए 83 लाख बी 90 लाख सी छन्नू लाख डी साहठ लाख इसका आंसर है ए 83 लाख क्वेश्चन नंबर अठारह संसद के किस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है ए लोकसभा बी राज्यसभा सी उपयुक्त दोनों डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है ए लोकसभा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया ए अनुच्छेद अस्सी बी अनुच्छेद उन्सी सी अनुच्छेद इक्यासी डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है बी अनुच्छेद उन्हासी क्वेश्चन नंबर बीस भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है ए जर्मनी बी ब्रिटेन सी अमेरिका डी रूस इसका आंसर है बी ब्रिटेन क्वेश्चन नंबर इक्कीस वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है ए दो सौ बीस बी दो सौ चालीस सी दो सौ डी दो सौ इसका आंसर है सी दो सौ प्रश्न बाविस संसद के कितने अंग होते हैं ए दो बी सी बी तीन सी चार डी पांच इसका आंसर है बी तीन प्रश्न क्रमांक तेईस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए ए बीस वर्ष बी पच्चीस वर्ष सी तीस वर्ष डी पैतीस वर्ष इसका आंसर है बी पच्चीस वर्ष प्रश्न क्रमांक चौबीस वर्तमान में संसद के कितने सदन है ए दो बी तीन सी चार डी पांच इसका आंसर है ए दो क्वेश्चन नंबर पच्चीस लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ए तीन वर्ष बी पांच वर्ष सी छ वर्ष डी आठ वर्ष इसका आंसर है बी पांच वर्ष इसी प्रकार जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक व कमेंट करें धन्यवाद